किसी घर पे टीवी चल रहा है किसी के घर पे काउन्सिल हॉल तो काउंसिल हॉल हम्म दे। थ्री लेवल का बैग मिल गया बंदा है बंदा है, है, है उधर बबलू बंदा है उधर और किस और किसके पास बंदा हम्म एयर दोनों बोलो आवाज आ रहा है बोलो क्या बोल रहे हो नहीं आपको अनवीव तो नहीं किया मैं आपका आवाज आ रहा है बोलो ना कौन से है वो बबलू किधर जा रहे हो यार मेरे मेरे को में को एसएनजी चाहिए बबलू एसएनजी है क्या आपके पास एसएनजी चाहिए एसएनजी आरो आरो चाहिए यार कोई तो SNG दो यार नीचे है क्या मैडी मैडी मैडी मैडिलो मैडियो संजी किसके पास है यार एसएनजी हाँ वो एसएनजी है अभी बस हेलो एसएनजी एसएनजी एसएनजी किसके पास एसएनजी जी किसके पास है हेलो हेलो एसएनजी एसएनजी है है आपके पास के मिलेगा तो देना है बोलो ना एसएनजी चाहिए यार एस एन है क्या एसएनजी एन जी एस एन जी किसके पास है नहीं मिल रहा है फोर एक्स की खुशी फोर PC में किंतु ना इसलिए इजी पड़ता है। बबलू इधर है, बबलू। इधर है, मेरे पीछे है। इधर है, इधर, इधर एडशिप गिरेगा रुको, इधर है। ए बंदे बंदे डैमेज पड़ा मैं तो। आठ नाइनटी एट है इधर फिर भी कहते है कि गए कहा 98 है कहा 98 है बंदे बंदे बंदे बंदे बंदे चलो चलो चलो इधर इधर इधर उधर काबलू बबलू जब बबलू भाई मर गए क्या चल रहा चलो चलो, चलो, चलो चलो बहुत बढ़िया Revive revive revive 35d